हम कुछ अलग है धीड है जब दुनिया सोती है हम जागते हैं आंखें खोल के सपने देखते हैं दिमाग की नहीं सुनते है। दिल की करते हैं लोग पैसे बनाते हैं हम पसीना बहाते हैं